पहले फोन पे ई एफ एल फोर्स रोबो एप को इंस्टॉल कीजिए रजिस्टर पेज पे अपना ईमेल आईडी डालिए और सिक्योरिटी कोड पे टैप कीजिए आपके ईमेल आईडी पर एक सिक्योरिटी कोड आएगा उस कोड को ऐप में डालिए फिर अपना पासवर्ड सेट कीजिए प्राइवेसी पॉलिसी पे चेक कीजिए और रजिस्टर पे टैप कीजिए ऐड डिवाइस बटन पे टैप कीजिए आपको दो डिवाइसेस दिखेंगे और अपना मॉडल सिलेक्ट कीजिए स्क्रीन पे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए रोबो पे वाईफाई बटन को तीन सेकंड के लिए दबाइए और फिर रोबो आपके घर का वाईफाई ढूंढना शुरू कर देगा स्टेप्स कंप्लीट हो जाने पे यहाँ पे टैप कीजिए कन्फिगर नेटवर्क पेज पे अपना वाई फाई और पासवर्ड डालिए और रोबो डिवाइस को वाई फाई कनेक्ट कीजिए फिर अपने रोबो डिवाइस को सिलेक्ट कीजिए आपका रोबो डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा और आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। पावर बटन ऑन करने पे रोबो घर को स्कैन करके घर का मैप बनाएगा मैप बन जाने पे रोबो को ऑटो ऑटोडॉक स्टेशन ले जाइए ताकि आप बनाए हुए मैप को सेव कर सके मैप सेटिंग के द्वारा आप अपनी जरूरत के हिसाब ऐसी हर रूम को नाम दे सकते हैं यहाँ आप रोबो की बैटरी चेक कर सकते हैं क्लीन सेटिंग्स के द्वारा आप क्लीन मोड और मॉप कंट्रोल अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। चूज एरिया पे टैप कीजिए और जिस रूम में सफाई करनी है उसे सिलेक्ट कीजिए कस्टमाइज पे टैप कीजिए और अपने जरूरत के हिसाब से क्लीनिंग एरिया सेट कीजिए मैप सेटिंग्स और नोगो एरिया टैप करने से आप रोगो को किसी अनशाही जगह पे जाने ऐसी रोक सकते हैं और कहा वेट मॉपिंग नहीं करनी है आप चूज कर सकते हैं और कहा वेट मॉपिंग नहीं करनी है आप चूज कर सकते हैं रिचार्ज पर टैप करने से रोबो खुद चार्ज होने चला जाएगा ऑप्शंस मेन्यू के लिए यहाँ टैप कीजिए क्लीन रिजर्वेशन में आप चूज कर सकते हैं कौन से दिन और कौन से समय आपको सफाई करनी है और साथ ही मॉफ का स्पीड और सक्शन स्पीड भी सेट कर सकते हैं अपनी जरूरत द्वारा आप इसे कोई भी रूम साफ करने शेड्यूल कर सकते हैं। रोबो को रिमोट कंट्रोल द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं नॉन डिस्टर्ब टाइम में आप रोबो के नोटिफिकेशंस को म्यूट कर सकते हैं वॉल्यूम कंट्रोल के द्वारा आप रोबो के नोटिफिकेशन के वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं कापेट कलर टैप करने पे आप फ्रो या का कलर सेट कर सकते हैं जिससे रोबो को सफाई करने में आसानी होगी कापेट साफ करने के लिए आप सक्शन का प्रेशर बढ़ा भी सकते हैं एक्सेसरी रिपेयर एंड क्लीनिंग में आप साइड ब्रश रोलर ब्रश और हेपा फिल्टर का स्टेटस चेक कर सकते हैं टैप करने ऐसी आपको पता लग जाएगा अभी रोबो कहाँ हैं आप अपने रोबो को पाँच यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं होम पेज पर जाइए प्रोफाइल पर टैप कीजिए शेयर रोबो भी टैप कीजिए और अपना रोबो सिलेक्ट कीजिए और फिर शेयर रोबो भी टैप कीजिए शेयर करने वाले रजिस्टर्ड आईडी को कंफर्म कीजिए और उनके फोन पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कन्फर्म करने पे रोबो शेयर हो जाएगा और यहाँ ऐसी दूसरे यूजर्स रोबो को यूज कर सकते हैं अब रोबोटिक वैक्यूम के ऐप द्वारा ऑटोमेटेड क्लीनिंग एंजॉय कीजिए